हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज हम इस वीडियो में डाइस बनाना सीखेंगे आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है इसलिए कहीं जाइएगा मत और हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिएगा आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं डाइस बनाने के लिए सबसे पहले आप एक शीट ले लीजिए और उसको चार सेंटीमीटर बाई टू सेंटीमीटर में काट लीजिए मतलब उसकी लेंथ चार सेंटीमीटर और ब्रेथ टू सेंटीमीटर काट लीजिए अब मैंने इसी प्रकार से छ ऐसे ऐसे रेक्टेंगल काट लिए हैं क्योंकि हमारे की क्य। डाइस की छः साइड्स होती है इसलिए हम छः काट रहे हैं तो आपने भी इसी प्रकार से से काट लेने हैं अब आप इनमें से एक शीट ले लीजिए और इसको दोनों साइड से इस साइड से भी और इस साइड से भी एक, -एक सेंटीमीटर का गैप एक एक सेंटीमीटर इस प्रकार से फोल्ड कर दीजिए यहां से इस प्रकार से दूसरी साइड से भी ये देखिए ये देखिए अब मैंने इस प्रकार से सारे टुकड़ों को साइड से एक एक सेंटीमीटर फोल्ड कर लिया है स्केल की सहायता से अब मैं एक टुकड़ा लूंगी और दूसरे टुकड़े को इस प्रकार से रखूंगी और फेविकोल की सहायता से चिपकाऊंगी इस प्रकार से दूसरे टुकड़े को मैं इनके बीच में ये देखिए इस प्रकार से चिपकाऊंगी इसके ऊपर फेविकोल लगाएंगे हम और इस टुकड़े को इस प्रकार से ये देखिए इसी प्रकार से एक टुकड़े को हम यहाँ पर इस प्रकार से फेविकोल की सहायता से इसके यहाँ पर हम फेफर लगाएंगे और इसे यहाँ पर इस प्रकार से इसके अंदर करके इसके ऊपर चिपकाएंगे इसके ऊपर चिपका कर इस प्रकार से अब हमारा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है बस एक टुकड़ा बचा हुआ है अब हम इसे यहाँ पर ये इस प्रकार से लगाएंगे फेविकुल की सहायता से ये देखिए यहाँ पर एक साइड से ये देखिए इस प्रकार चिपका देंगे और दूसरी साइड से भी चिपकाएंगे इसे अब ये देखिए मैंने बना लिया है ये अब सिर्फ हमारे ये दो साइड के पोर्शन रह गए हैं इसको हम इसके अंदर घुसा देंगे ये देखिए दूसरी साइड से भी हम इसे इसी प्रकार से इसके अंदर डाल देंगे तो अब आपका यह डाइस बिल्कुल तैयार हो चुका है अब हम इस पे नंबरिंग लिखेंगे अब हम इस डाइस के ऊपर नंबर्स लिखेंगे जिससे कि आप इसे लूडो का डाइस भी बनाकर खेल सकते हैं नंबर लिखने के लिए सबसे पहले आप एक पेन ले लीजिए और याद रहे कि जो आमने सामने का नंबर होता है हमारा वो उनका जोड़ सात होता है उनका एड सात होता है टोटल सात होता है अगर हम यहाँ पर एक बनाएंगे, ये देखिए मैंने एक बना दिया है तो दूसरी साइड पे हमारा बनेगा छ और एक साथ होता है ना आपका इसलिए दूसरी साइड पर हमारा छ बनेगा ये देखिए मैंने छ बना दिया है अब एक साइड पे अगर पांच बनाए हम यहाँ पर तो हम इसके दूसरी साइड पर दो बनाएंगे पांच और दो सात अब दो हमारी ये दो ही साइड बच चुकी हैं तो एक साइड पे हम चार बनाएंगे और दूसरी साइड पे बनाएंगे तीन चार और तीन सात और ये देखिए अब आप आपका एक लूडो डाइस बिल्कुल तैयार हो चुका है ये देखिए अब हम इस पे सारे नंबर लिख चुके हैं ये देखिए अब हमारा एक आया अब हमारा चार आया तीन इस प्रकार से आप इसके साथ लूडो भी खेल सकते हैं तो इसी प्रकार से खेल खेल में पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो अगर पसंद आए आपको तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर अवश्य बताइए धन्यवाद